नार। नार। बड़ा से आम इसे इम्ली। इसे इम्ली। बड़ी से ई से इमली ई से इमली से ईट बड़ी ऊसे बड़ा ऊसे ऊन बड़ा ऊसी ऊन ऐसे ऐसे ऐसे ओसे आहा खाली